डियर फ्रेंड्स, रिम कोड आ चुका है और रिम कोड को रिडीम करने के लिए आपको मेरा यूज करना पड़ेगा उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन और भी प्रेस कर दो चलो हम रिडीम कोड को बंद करते हैं so, आपको जाना है तो हम रिडीम कोड को रिडीम को करने के लिए आपको क्रूम ब्राउजर में जाना है और आपको सर्च करना है एफ एफ और फर्स्ट नंबर का वेबसाइट पर आपको जाना है और हम रिडीम कोड को रिडीम कर लेते हैं तो रिडीम कोड है हम्म बी सिक्स एक मिनट देख लेते हैं हम उसको बी सिक्स i y c t n i y c t n H4PV3, फोर पी वी थ्री एच फोर पी वी और रेडीम गोड रेडीम हो चुका है